बड़ों को नमस्कार छोटों को प्यार दोस्तों को मेरा हाय तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण और करंट अफेयर के बारे में जानकारी और इस वीडियो में तो दोस्तों साप्ताहिक खबरें और करंट अफेयर इस वीक की तो सबसे पहली खबर जो निकल के आ रही है वो जी परिषद से है हाल में जी परिषद शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है इस जी शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो चाइना को टैकल करना था क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है उसमें चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर के रूप में अग्रेसर बन रहा है तो इसे टैकल करने के लिए अमेरिका ने एक नई पॉलिसी जारी की है जिसमें जी कंट्री और दूसरे देशों को मिलकर जो एशियन जो दूसरे देश है उन्हें मिलकर चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है जो ये परिषद हुई है ये यूके में हुई है इसे के साथ ही साथ जी सेवन परिषद का जो मोटो है इस वर्ष का वो है बेर्ड बैक एंड बेटर बेर्ड बैक बेटर तो ये थी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर तो जानते हैं दूसरी खबर मेरखा सिंह जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है उनका देहांत हो चुका है बीस जून को इसी के साथ ही साथ इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है बायोग्राफी फिल्म जिसका नाम है भाग मिलखा भाग जिसमें मेन रोल में फरहान अख्तर है इसके साथ ही साथ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है जो कि बीस जून को मनाया गया इस वर्ष वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की जो थीम है वो है टुगेदर वी है लर्न एंड शाइन ये रखी गई है इसी के साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ईएसए के नाम से जाना जाता है वो नया एक मिशन लॉन्च करने वाली है नासा के साथ मिलकर जो कि वेनस ग्रह पर होने वाला है जो कि वेनस ग्रह के बारे में जानकारी और वहाँ के पर्यावरण के बारे में होगा हमारा देश भी बहुत जल्द शुक्रयान ये मिशन भी लॉन्च करने वाला है तो ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री जो है वो मिशन वेनस लॉन्च करने जाए तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो तीसरी न्यूज़ जो है ये देखिए वनस ग्रह की फ़ोटो इसी के साथ तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है ईरान से अभी ईरान में चुनाव हुए हैं वो वहाँ की सत्ता जो है पलट चुकी है अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं अब देखते हैं ईरान और यूएसए के बीच में कैसे अंतरराष्ट्रीय हालात होते हैं इसी के साथ ही साथ हमारे देश के और ईरान के भी हालात किस तरह होते हैं क्योंकि इब्राहिम रई सर जो है वो एक कट्टर धर्मवादी व्यक्ति है तो देखते हैं क्या स्थिति होती है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी ये देखिए ईरान का मैप इसी के साथ ही साथ इक्कीस जून को योगा दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी इस वर्ष की जो थीम है वो है योगा फॉर वेल बिगिनिंग योगा डे की शुरुआत 21 जून 2015 से शुरू हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट थी कि इस वर्ष की योगा डे की थीम क्या हो सकती है तो वो है योगा फॉर वेल बिगिनिंग ये थीम रखी गई है इसी के साथ राजस्थान से ये न्यूज़ निकल के आ रही है इस हफ्ते कि इंदिरा गांधी कैनर जो देश का सबसे बड़ा कैनर है उससे रिपेयरिंग की बात की जा रही है देखते हैं कब रिपेयरिंग स्टार्ट होती है इसी के साथ ही साथ चौथी न्यूज़ निकल के आ रही है वर्ल्ड फ़र्स्ट जीएम एम प्लानिंग प्लांट जो कि हमारे देश में किया जाने वाला है और किया गया है तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट जी एम रबर प्लान प्लांट किया गया है? तो वो है हमारे देश इंडिया में प्लांट किया गया है इसी के साथ ही साथ रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी हमारे देश में ही है इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करते हैं पांचवी न्यूज़ निकल क्या के आ रहे हैं तमिलनाडु इस राज्य से तमिलनाडु राज्य के गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ये शब्द को अपने कार्यधन शब्द को से दूर कर दिया गया है इसकी जगह यूनियन गवर्नमेंट ये शब्द ऐड किया गया है वास्तव में हमारे संविधान में कहीं भी कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये शब्द ही ऐड किया गया नहीं है तो हम कई बार या कई बार मीडिया के द्वारा भी यही बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ये गलत शब्द हैं वास्तविक शब्द यूनियन गवर्नमेंट है तो ये जो तमिलनाडु ने काम किया है वाकई में एक अच्छा और सराहनीय काम है हमारे संविधान में अभी तीन आर्टिकल बाईस पार्ट और आठ शेड्यूल्स हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस राज्य ने सेंटर गवर्नमेंट ये शब्द निकाल के उसकी जगह यूनियन गवर्नमेंट ये शब्द लगा दिया गया तो वो है तमिलनाडु ये राज्य एग्जाम में कई बार ऐसे करंट अफेयर में सवाल पूछे जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन होते हैं इसी के साथ ही साथ गुप्त आलायस के बारे में बात निकल के आ रही है कल प्रधानमंत्री मोदी जी से इनकी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लिए जाए और वहाँ की परिस्थिति को जो है शांत किया जाए और एक अच्छा स्वस्थ माहौल बनाने की कोशिश की जाए इसी के साथ ही साथ 25 जून को मैकफी जो कि एंटीवायरस के फाउंडर हैं जॉन मैकफ़ी इन्होंने आत्महत्या की है ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की कुछ करंट अफेयर और महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण खबरें तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे आपसे और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके और मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूँ अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें सुरक्षित रहिए खुश रहिए धन्यवाद जय हिंद